उमरिया जिले के प्रसिद्ध बाढ़ टाइगर रिजर्व से एक बाघिन की मौत हो गई है फिलहाल बाघिन की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है पार्क के गश्ती दल को बाघिन मृत अवस्था में मिली थी जिसके बाद इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई बाढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की मौत हो गई है जानकारी के बाद पार्क के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे है एस सुधीर मिश्रा ने बताया की वन्य जीव चिकित्सक एन सदस्य और उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में मृत बाघिन का पोस्टमार्टम कराया गया घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच के बाद ही बागिन की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। बागिन की उम्र लगभग 10 से 11 वर्ष बताई जा रही है What starts here changes The world ऑपरचुनिटीज ऑफ इंस्पिशन वी आर एल एन सी टी ग्रुप एवरी चेंज इज दर्ड प्रोवाइडिंग दिजल्ट एंड डिलीवरिंग द बेस्ट मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी दिशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन